तो हलो भाई आप लोग कैसे हैं और मेरे मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया आएंगे मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक करके कर जाना तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो भी हमारे फ्री फायर के अंदर में 11 नवंबर को बारह बजे रात को ही इवेंट आया है जो भी हमारे आया है बंडल चलिए हम बंडल को आपको दिखाते हैं ग्यारह नवम्बर को हम लोगों को ग्यारह से पंद्रह नवम्बर तक हम लोग मिलेंगे कस्टम या एमडब्ल्यू का गन और डायमंड वॉचर और हमारे फीमेल का बंडल भी मिलेंगे इसको और चलिए हम और दिखाते हैं देखिए जो हमारे 12 तारीख से कोमिंग कॉमिंग सॉन्ग स्टार्टिंग होने वाला है तो और, और हम दिखा रहे हैं एक देखिए अट्ठाईस ग्यारह को हम लोग तीन बजे ओनली आई चैंपियन में हम लोगों को तो चलिए हम जो दिखाएँ वही ग्यारह तारीख को हम लोगों को फ्री फायर में नया अपडेट आया है और कुछ नहीं मेरे भाई अगर और कुछ आएगा तो हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देंगे आप देख के पता लगा सकते हैं कि हमारे फ्री फायर के अंदर में जो भी नया इवेंट जो भी नया कुछ भी आएगा तो हम आपको सबसे पहले वीडियो हम देंगे मेरे भाई सबसे पहले हम वीडियो दे देंगे आपको इसलिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई वीडियो पर लाइक करना चलिए तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे